कटनी से एक रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है जिसमें लंबे समय से चल रहे संपत्ति विवाद में बड़े भाई और भतीजे ने छोटे जानलेवा हमला किया उसकी हालत बहुत नाजुक है में में यह घटना कटनी के बिलगवा गाँव की है जहाँ संजय पटेल का अपने बड़े भाई ओम प्रकाश पटेल से संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था बाईस अप्रैल को दोनों भाइयों के बीच इसी बात को लेकर कहा होने लगी और दोनों आपस में झगड़ने लगे ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि ओम प्रकाश ने अपने बेटे रिंकू के साथ मिलकर संजय के ऊपर धारदार हथियार के साथ जानलेवा हमला कर दिया इस जानलेवा हमला में संजय को गहरी चोटें आईं, जिस कारण उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उसकी हालत नाजुक होने के कारण उसे इलाज के लिए जबलपुर रेफर कर दिया गया वही इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी बाप बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है में संजय प्रकाश पटेल को उसके बड़े भाई ओम प्रकाश पटेल एवं भतीजे अभिषेक पटेल द्वारा हसीिया से एवं पांची से मारपीट कर प्राणघातक चोटें पहुंचाई गई जिस पर से हत्या के प्रयास का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर थाना प्रभारी एन के सिद्धार्थ राय द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया गया पुलिस अधीक्षक मोहरा द्वारा निषिधित किया गया किसी के आरोपी को विरासत मिले तो द्वारा ले लिया गया है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहत उन्हें प्रति माह एक हजार रूपए दिए जाएंगे ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगी योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी एक हजार रुपया की पहली किस्त योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर जीरो एवं वेबसाइट सी एम लाडली बहना डॉट प्राप्त की जा सकती है बहना। वो खबरें